आपको सबसे पहले आपका गूगल ओपन करना होगा गूगल पे टाइप करना होगा एमपी स्कॉलरशिप पोर्टल और इस लिंक को क्लिक करना होगा और सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश स्कॉलरशिप पोर्टल को खोलना होगा इसके बाद आपको साइट में भी तीन बिंदी पे क्लाग करना होगा इसके बाद साइट को इनेबल करना होगा यहाँ पे फर्स्ट नेम आपका जो भी नेम है टाइप करें डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने फॉर्म डाला है उस पर उस डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करें इसके बाद कैटेगरी आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं एस टी एस और यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम सर्च कर लेना अल्पावेटिव तरीके से यहाँ दिया हुआ होता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे जो कोड दी हैं वो कोड डालना होता है और इसके बाद सर्च डिटेल पे जाते हैं सर्च डिटेल के बाद में आपको जो भी नाम है यहाँ पर आपका तरह तरह का नाम जो भी होगा आ जाएगा इसके बाद में आपको कौन से की देखनी है उस पर जाओ और डिटेल चेक कर लीजिए ऐसे सब हो जाता है